हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम दिखाने वाले हैं कि जो टाटा हिटासी ई एक्स टू हंड्रेड एल सी e LC, जो एक्सावेटर है उसका डीजल फिल्टर कैसे चेंज करता है और मोबाइल फिल्टर कैसे चेंज करता है उसका वीडियो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां पर जाके आप देख सकते हो तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सच्चा लो इसका डिजल फिल्टर को चेंज करते हैं सबसे पहले डीजल फिल्टर को खोलना पड़ेगा हमारे तो पास नहीं है ये फिल्टर को एक फिल्टर खोल दिया और दूसरा फिल्टर खोलने के लिए कोशिश कर रहा है धीरे फिल्टर को सेट करते डीजल से भर देना है ताकि फिट काम करने पर समय कम लगे इसको Oh. एक पार्ट है सोटा वाला ज़ुग फ्यूल स्टेनर, इसको सेटअप करना पड़ेगा तो फिर चलिए इसको सेट करते हैं और इस तरह आप जो देख रहे हो ये पार्ट्स का कोड नंबर है Oh. फिर चलो इसको स्टार्ट करके देखते हैं ठीक ठाक हुआ कि नहीं इसको कर दे करो फिर तो फिर चलो इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं ये देखो इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया क्योंकि इसका जो डीज़ल फिल्टर है और मोबिल फ़िल्टर है उसको चेंज करने के बाद इंजन स्टार्ट हो गया